हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल टच जून आज के इस वीडियो में हम बहुत ही अच्छी जगह जाने वाले हैं कोंडवा जो कि पुणे में है तो वहां पे एक होटल है फिली बाइट्स नाम करके तो मैंने बहुत सुना है वहां पे बहुत ही टेस्टी बारबेक्यू चिकन मिलता है तो मैंने सोचा क्यों ना हम भी टेस्ट करके आए और आपको भी दिखाएँ कि वहाँ पर बारबीक्यो चिकन कैसा मिलता है टेस्ट कैसा है तो चलिए चलते हैं आपको भी दिखाता है पहुँच गए यहाँ फ़िलीपाइट्स में गुंडवा में और वो देखिए हमारे सामने ही फिलीपाइट्स है तो हम अभी अंदर जाएंगे इसके तो चलिए चलते हैं फ्लिपाइट्स के अंदर और देखिए यहाँ पे बाहरी बहुत ही अच्छी खुशबू पूरी जगह आ रही है क्योंकि यहाँ बाहरी चिकन बनाया जा रहा है बारबी को चिकन तो चलिए आपको अंदर से भी दिखाते एक बार अच्छे से तो ये अरेबियन ग्रिल चिकन है तो यहाँ पर चिकन को ग्रिल किया जा रहा है और यहाँ साइड में ही भैया अरमाली रोटी बना रहे हैं देखिए और यहाँ पे जो है हमारा बार्बिक चिकन वो रेडी हो रहा है और उसको बुना जा रहा है चिकन को और तो चलिए अंदर चलते अंदर चल के देखते हैं तो गैस बहुत ही अच्छा है अंदर से और तो अंदर जाके सबसे पहले मैंने मेन्य। मेन्यू मेन्य। चेक किया और मेन्यू में भी बहुत सारे चीज़ें थे तो फिलहाल हमने ऑर्डर किया बारबिक्यो चिकन एंड सैलड आया हमारा जिसमें दही है और चटनी है और हमने बारबिक्यो चिकन मंगाया है और यहाँ पे राइस भी मंगाया हमने थोड़ा सॉरी रुमाली रोटी तो चलिए टेस्ट करते हैं पहले सर्व करते हैं हम इसको प्लेट में तो गाइस यहाँ पर मैंने सर्व किया है तो चलिए अभी टेस्ट करने की बारी है तो यहाँ पर अभी हम सब लोग टेस्ट कर रहे हैं और गाइस तो यहाँ पर हम सब लोग अभी टेस्ट करें गाइज और गाइज सीरियसली बहुत ही टेस्टी है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और इसमें जो है हम बाहर से पूरा क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही अच्छा है तो गाइज बहुत ही मज़ा आया है चिकन खाने में और आप जरूर ट्राई कर तो फिर चिकन खाने के बाद हमें मन किया थोड़ा सा आइसक्रीम खाने का कुछ ठंडा खाने का मन किया हमें तो हम आए यहाँ पे ओल्ड मुंबई ओ आइसक्रीम ओल्ड मुंबई आइसक्रीम में तो यहाँ पे बहुत सारी आइसक्रीम मिलेंगी आपको हर फ्लेवर की मैंने अपने पसंद की आइसक्रीम ले लिया और अभी हम सब आइसक्रीम खा रहे बैठे बाहर और सब लोग अभी आइसक्रीम खा रहे हम और गाइस व्लाग पसंद आए वीडियो पसंद आई तो लाइक करें शेयर करें और फ्लीप आर्ट्स में ज़रूर जाएं बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छा चिकन मिलता है वहाँ पे और क्रिस्पी एकदम फ्रेश चिकन मिलता है उधर बहुत ही अच्छा है और आप ज़रूर जाएं ट्राई करें और मुझे कमेंट में बताएं और मुझे फीडबैक दें कि आपको वीडियो कैसे लगे और आप फ्लिप आट्स में गए हैं इससे पहले तो वो भी कॉमेंट में बताएँ थैंक यू फॉर वॉचिंग मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में तब तक ली